मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोग एक्सेल में बहुत अच्छा खासा काम कर रहे होंगे यहां पर अभी एक्सेल में हम लोग जो है बात करेंगे एक्सेल में है क्या? एक्सेल में में है है क्या जो मेन फंक्शन इस सेल का जैसे कि यहां पर A1 यहां पर दिखाई दे रहा है ये सेल नेम है आपको हम एक एक करके एक्सेल के विषय में एंट्रोडक्शन लेते जाएंगे हर एक चीज का समझेंगे एक्सेल का वर्जन होता है हर एक वर्जन के मतलब अपग्रेड किया जाता है तो जब अपग्रेड होने के बाद एक्सेल के वर्जन का नाम दिया जाता है जैसे 2007 थाउजेंड फिर टेन फिर उसके बाद जो है 13 16 19 अभी 21 है और 365 है लेटेस्ट लेकिन हर एक एक्सेल में ये जो सेल जो दिखाई दे रहा है जो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डम मैं इसको थोड़ा तो सा जूम कर देता हूँ ये हाईलाइट हो जाता है मैं इसको यहाँ पर थिक बॉर्डर कर देता हूं ये जो आपका थिक बॉर्डर आया हुआ है कलर सेल इस बॉर्डर में अभी आपको जो दिखाई दे रहा है जो कलर सेल है यही इसी सेल का हम लोग सारे बात करेंगे और इसी में हम लोग कुछ भी लिखते हैं कोई भी तरह का डाटा टाइप करते हैं वो सब इसी में आता है और इसी तरह से ए में बी में हर एक जगह आएगा अब एक बात और है कि जैसे यहाँ पर इसका नाम कैसे देखेंगे तो नाम यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में इसका दिखाई देगा इसको बोलते नेम बॉक्स आप इसे बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो ऑटो सेव सेव है, सेव यहां पर ऑन कर देंगे तो आपका ऑटो सेव ऑन हो जाएगा। और अगर आपने ईमेल इम, आईडी से लॉगिन कर रखा है वैलिड है लाइसेंस वर्जन है तो आप यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी आप डालेंगे उस ईमेल आईडी से आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं ये अपूडेट रहेगा हमेशा पर्सनल वन के नाम पर सेव हुआ है डाटा पर्सनल वन आपके ड्राइव में जो है अपना आउटलुक का जो ड्राइव है वन ड्राइव उसमें आपको दिखाई देगा ये पर्सनल वन के नाम से इसमें आप जो भी आप चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा और जहां पर भी आप ड्राइव एक्सेस करेंगे वो सारा ऑटोमेटिक आपको अपडेटेड डेटा दे, दे, दिखाई देगा इसमें हम लोग बोलते हैं रियल टाइम बेसिस डेटा उसके बाद फिर हमारा है ऑटो तो सेव ऑप्शन तो आपको बता ही दिया यहाँ पर डायरेक्टली आप सेव भी कर सकते हैं एक क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं यहाँ पर जो आपको ग्रे में दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं किसी को भी ओपन करने के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं अभी ये एक्टिव नहीं है यहाँ पर आपका जो न्यू है कंट्रोल एंड ये आपका एक्टिव है फिर अभी ये भी एक्टिव हो गया है मतलब जैसे जैसे यह लाइट भी चेंज होता चला जाएगा वो आपका दिखता जाएगा डाटा एडिट लिंक्स है कोई लिंक्स इसमें अभी हाई नहीं ये तो लिंक तो हैटन है, है।, है, है ये आपको थोड़ा मैक्सिमाइज करने के लिए बटन होता है ये आप किसी भी रूप में आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए अभी आपने जैसा आपने किया है उस हिसाब से देता है आपको दिखाई देगा विंडो का उसमें अब यहाँ पे लेके जाएंगे अब ये दो पार्ट में दो पार्ट में विंडो भी दिखेगा यहाँ चार पार्ट में मतलब चार पार्ट में चारों चीज आपको दिखाई देगा देखेंगे ये चार विंडो है ऊपर का दो विंडू, एक विंडो इधर है दूसरा विंडो इधर है तीसरा चौथा ये ब्लैंक है मतलब कोई और भी फाइल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर डेस्कटॉप के वर्जन आपको दिखाई दे रहा है ये जो जो आपके मतलब ओपन है देखियेगा आप यहाँ पर दूसरे डेस्कटॉप पे यहाँ पर आपका ये ओपन है फाइल अगर आप इसको भी ओपन कर लेंगे फिर ये देखिये चौथा है तो यहाँ पर आपका डेस्कटॉप जो फाइल्स ओपन हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सेल आ गया, आप चाहे तो इसको को ओपन करके यहाँ देखेगा जैसे ही को आपने बड़ा किया तो ये ऑटोमेटिक अपना ये हो गया इसको बड़ा करेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पर विंडो के रूप में दिखाई देगा फिर इसको आप छोटा कर ले ये चार चार हिस्सों में आप देख लें यहाँ चार करेंगे ये तीन हिस्सों में इधर आ गया यहाँ पर ये जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये चार विंडो में बढ़ता चला जाएगा ये देखिए ये आप देखते हुए आप काम कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं ये बहुत अच्छा वर्जन है अभी दिखा दिया बंद कर दिया है मैंने, ये क्लोज हो गया है ये जिसको, जिसको मैं क्लोज करूँगा वो क्लोज होता चला जाएगा अभी मैंने व्हाट्सएप को क्लोज नहीं किया है व्हाट्सएप क्लोज में करूँगा तो व्हाट्सएप भी क्लोज हो जाएगा और ये दो विंडो आपको दिखाई देगा ना वन सेकेंड We will resume here. This uh, this this is is is the the the version uh, मतलब new facility facility ribbon. ribbon. grey grey grey green color border border known as And the file file home insert page layout formulas. डेटा रिव्यू हेल्प डेटा स्टीमा पावर पॉइंट इनको हम लोग रिबन टैब्स भी बोलते हैं ये जनरली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हर एक सॉफ्टवेयर में आपको इस तरह से मिलेगा यहाँ पर जो है सर्च ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट्स है शेयर है उसके बाद फिर हमारा टैब्स के नीचे में आपको ग्रुप्स बने हुए जैसे अंडो ग्रुप्स है क्लिप है फोन है अलाइनमेंट है नंबर है स्टाइल है सेल है एडिटिंग है फिर उसी तरह से इंसर्ट में पेज लेआउट में फार्मूलाज में डेटा में यहाँ पर डेटा में डेटा से रिलेटेड आपको सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे जो डेटा के ऊपर काम किए जाते हैं कैसे काम करेंगे इंपोर्ट कैसे करेंगे फिल्टर कैसे करेंगे टेक्स टू कॉलम क्या है हर डेटा टूल्स के विषय में आपको बताया जाएगा उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर रिव्यू सेक्शंस है मतलब अलग अलग टैब है सभी टैब्स का नाम के हिसाब से ही काम दिया हुआ है ये फाइल है अगर फाइल की बात करना तो फाइल में आप लोग ज़्यादातर स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे करेंगे फाइल कौन सा ओपन होना है कौन सा क्लोज होना है ये सारा चीज आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा फाइल में अलग अलग टैब्स बनाए हुए जब कोई फाइल ओपन रहता है तो एक, कुछ चीजें एक्टिव रहती हैं कुछ चीजेंटिव रहती है ऑप्शन में जा करके आप स्ट्रक्चरल चेंजिंग वगैरह से आप कर सकते हैं अब बात करते हैं हम लोग सेल की तो ये दिस इज द नोन एज सेल ये एक सेल है इसका रेफरेंस हम लोग कैसे समझते हैं तो इसके नाम से A1 A1 जिसमें भी दिखाई देगा वो उसी पर्टिकुलर सीट का वहां पर दिखाई देगा ये कॉलम सेक्शन है दिस इज़ द कॉलम सेक्शन A B C D E F और वन टू थ्री फोर आर द रो सेक्शंस रो को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं आइटम और A B C D E, e को जो फील्ड होता है इसमें ऊपर में सबसे टॉप रो का जो फील्ड नाम लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड बेसिकली कॉलम में जो नाम लिखे जाते हैं उसको फील्ड्स बोलते हैं और उस फील्ड्स के भीतर जब कुछ लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइटम्स एक्सेल में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं लिखने के अलावा हम लोग फार्मूला लगाते हैं इसमें फार्मूला लगाने के लिए मतलब कोई रिजल्ट हमें चाहिए तो उसके लिए फार्मूला चाहिए तो फार्मूला हम कैसे लगाते हैं क्या क्या तरीका होता है ये सब चीज हम आपको समझाएंगे की एलिमेंट्स ऑफ ए फार्मूला में क्या क्या एलिमेंट्स है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑपरेटर्स रेफरेंसेस वैल्यू और स्ट्रिंग ये बेसिकली तीन तरह के फार्मूलाज हैं जो आपको मतलब कि दिस दिस आर आर नॉट एक्चुअली, द एलिमेंट्स ऑफ ए फार्मूला विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स हियर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एक्सल आर बींग यूज वर दो एंड कंडीशनल कॉलम एंड थ्री इज द रो थ्री when you uh, select cell cell cell where the cell is is number number row and C number column uh, shadow color देगा आपको तो so column and दट is the row here name box you will find the same thing C C refer to column C and 3 refers to row number 3 that is c3 now it is known as just a c3 when uh, you select n type of cell reference through equal then it would show only the cell name that is c3 here if i write this shape up then c3 just c3 is being shown here okay Now I am converting into text. This is C3, C3 without any uh, asterisk, without any types. Okay. बाकी आप लोग समझदार हैं। यहाँ पर अभी फिर आपको बता रहा हूँ एक्सल इंट्रो लिखा हुआ है लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे की सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज किया गया है यहाँ पर दिखाने के लिए आपको एक्सेल इंट्रो और एक, एक, एक एक्सपलट्री मार्क जो आपको बोलते हैं जिसको एक्सप्रेशन मार्क भी बोलते हैं इसके पहले जो है एक इन्वर्टेड कोमा यूज़ किया हुआ लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा यूज़ किया हुआ वो सिंगल कोमा के साथ में यूज़ किया हुआ सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर सीट वन है सीट वन आप लोग मुझे बताएंगे आप लोग मुझे बताएँगे कि यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है वाई एक्सेल इंट्रो में जो है आपका इन्वर्टेड कोमा यूज़ हो रहा है जबकि सीट वन में जो है कोई भी इन्वर्टेड कोमा यूज़ नहीं हुआ है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में किसी बैच में दो तीन बैच में एक्चुअली मैं बता रखा हूँ आप लोग मुझे बताएं जल्दी से बताएं कमेंट करके बताएं और आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है मेरे लिए थैंक यू अभी मैं कंक्लूड करूँगा रेंज नेम्ड वैल्यू स्ट्रिंग्स अगर आपको आगे की और की वीडियो अगर आपको लगेगी कि हाँ सर आगे इसी तरह से बढ़े और आगे इसी तरह से आपको बताते हुए बढ़े तो फिर मैं आगे इसी तरह से बढ़ूँगा अदरवाइज़ मैं सीधा फार्मूला पे स्विच ओवर करूँगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ आप लोग अपना कॉमेंट जरूर दें थैंक यू बाय